कल मैंने पूछा मेरे दिल से कि तू उसे क्यों याद करता जब तुझे पता भी है उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता